नमस्कार स्वागत अभिनंदन आपका एस्ट्रोलॉजी के इस बेहद ही क्रांतिकारी चैनल एस्ट्रोविद आशीष पर और हमेशा की तरह हम हाज़िर हैं अपने एक बेहद ही खास कार्यक्रम एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन पोल और आज का जो शो है उसमें हम बात करेंगे कि भारत के लिए 2020 कैसा रहने वाला है चाहे वो अर्थ क्षेत्र हो चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो चाहे वो फिल्म उद्योग हो चाहे वो उद्योग क्षेत्र हो हर एक विषय पर दर्शकों आज हम एक उसका वृहद विश्लेषण लेके आए हैं हमेशा की तरह आशीष जी के साथ बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी जी सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और नौ वर्ष की ढेर सारी इनको शुभकामनाएं देता हूँ साथ ही साथ हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमें जो है जो भी भविष्यवाड़िया हम करने जा रहे हैं उसको करने की शक्ति प्रदान करें जैसा कि शिवम जी आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी का बेहद ही क्रांतिकारी चैनल बेहद ही ऐतिहासिक चैनल तो जो एक एक वर्ड ये बोल रहे हैं उसकी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्ता है क्योंकि ये जो चैनल है यहाँ पर जो बोला जाता है उसके प्रति हम लोग लायबिलिटी रखते हैं जो भी चीज़ कहते हैं वो चीज़ें होती हैं तो शब्दों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा साथ ही साथ भारत के परिप्रेक्ष्य में वैसे तो हम लोगों का जो आ, नव वर्ष होता है जी हिंदु जी नौ वर्स होता है ये चैत्र मास चैत्र है लेकिन कुटुम्ब मानते हैं तो सभी की संस्कृतियों को लेकर चलना और उनको और आगे बढ़ाना ये हमारा नैतिक कर्तव्य और जैसी सर्वे भवंतु सुखना सर्वे संतु हम लोग सर्व की कामना करते हैं जी तो जैसा कि हमारे दर्शकों की मांग थी कि पंडित जी ये जो एक साल रहेगा 2020 भारत के परिपेक्ष में कैसा, कैसा रहेगा और आप अपनी कुछ इस पर राय दीजिए तो हम उसी को लेकर के आए हैं और शिवम जी बताना चाहेंगे कि ये जो साल रहेगा कई मामलों में भारत के लिए बहुत खास रहने वाला है और आगे इस पर अभी हम चर्चा करेंगे जो हमारी जो है ये प्रिडिक्शन रहेगी जी जी जब भारत आजाद हुआ था मतलब पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ को ठीक तब भारत की जो कुंडली बनी थी वृक्ष लग्न की कुंडली थी कर्क राशि थी तो लग्न के आधार पर 2020 में जो वर्तमान ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था है इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने ये भविष्यवाणी तैयार की है साथ ही साथ एक बात और बताना चाहेंगे कि इस साल 24 जनवरी को शनि का ट्रांसिट होगा शनि धनु राशि से मकर राशि में संचरण करेंगे उसके बाद 23 सितंबर को तो राहु और केतु का ट्रांसिट होगा तो ये जो ट्रांसिट है ये कई मामलों में खास रहेगा और जुपिटर भी धनु राशि में संचरण कर रहे हैं बीच में ये शनि के होकर नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे तो तमाम चीजों को बहुत ही अच्छे से क्रमबद्ध रूप से हमने तैयार किया हुआ है और अपने चैनल पर अब हम आप सभी सम्मानित श्रोतागणों दर्शकों के समान प्रस्तुत करने जा रहे हैं लेकिन दर्शकों आप लोगों के लिए एक सरप्राइज ये है कि वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है अंग ज्योतिष के अनुसार है आप लोगों के लिए करियर राशिफल दो हजार बीस और उससे संबंधित शिवम जी बहुत ही दिव्य प्रयोग वो हमारे चैनल पर पड़े हुए और ये प्रयोग अपने आप में ही बहुत अनूठे हैं अनूठे साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे जो प्रेम राशिफल है उसकी भी शुरुआत हमने कर दी और हमारे जो है इस चैनल पर पड़ चुका है जो भी हमने प्रशन की है लगभग निन्यानवे मानवी भूल होती है देखिए मानवीय भूल और सबसे बड़ी बात तो दर्शकों यह है कि आज भी जब हम कहते हैं इक्कीसवीं सदी है और इतना विज्ञान उन्नत हो चुका है आप किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में हॉस्पिटल में जाइए कोई बड़ा क्रिटिकल ऑपरेशन होगा तो डॉक्टर उससे पहले एक अंडरटेकिंग आपसे साइन करवा लेगा कि यदि ऑपरेशन के दौरान या उसके बाद मरीज को कुछ होता है तो हमारी कोई गारंटी नहीं रहती है फिर भी दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में जितना एक्यूरेसी हमारी प्रिडिक्शन की आशीष जी के प्रिडिक्शन की रही है आप यूट्यूब के हिस्ट्री में उठाकर देख लीजिए अव्वल तो किसी ने की नहीं डर के मारे दिल्कुल, दिल्कुल। और और जो हमने की वो नाइनटी नाइन परसेंट एकदम सही है तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि रक्षा क्षेत्र जिसमें भारत एस और राफेल जैसे शस्त्र खरीद रहा है अर्थ क्षेत्र जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2024 तक हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है और 2026 में हम जर्मनी को पिछाड़कर भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था बनेगा okay. फिल्म उद्योग जिसमें अभी हाल ही में हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी को दादा साहब फालके पुरस्कार भी मिला है, बार, है बार। और उद्योग क्षेत्र जिसमें 2019 में हमें हमें थोड़ा सेटबैक देखने को मिला लेकिन साल के अंत में हम संभालने लगे तो ये पूरा और जो हमारा हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध है चाइना पाकिस्तान और ये जो अभी सी और एन आया है तो उसमें हम बात करेंगे कि आखिर भाजपा और भाजपा के विरोधी दल क्योंकि आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके एक ध्रुव पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी निसंकोच निर्विकार और निस्संदेह रूप से विराजित है अजय है और दूसरे ध्रुव पर सारे विपक्षी दल हैं तो हम बात करेंगे कि 2020 में 2020 में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी फ्रंट फुट पे बैटिंग करेंगे या बैक फुट पर आएंगे तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा तो पंडित जी देर करते हुए दो हजार बीस में देखिये दो हजार बीस की यदि हम बात करें तो शिवम जी एक बात बिल्कुल निश्चिंत रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारत के लिए भारत की साख के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है और विश्व में भारत का डंका बजेगा, आर्थिक स्थिति में बहुत तेज गति से सुधार होगा मतलब 2019 से जो, हाँ। जो सेटबैक हमें देखने को हाँ। मिला है वो इस बार नहीं। सरकार कवर करेगी इसको सरकार बिल्कुल कवर करेगी दूसरा हम बताना चाहेंगे अच्छा इसको, एक एक दे, दे, दे इसको सबसे ज्यादा भारत को किस ग्रह ने पिछला ऐसा प्रभावित किया और दो हजार बीस में कौन सा कारक ग्रह इसके लिए मेन रहेगा देखिये जो हमने आपको बताया ना की वृषभ लग्न की कुंडली है अब यहाँ पर जो सेकेंड हाउस होता है और एकादश स्थान ये जो दो उस होते हैं ये बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं देखिए सेकंड स्थान होता है ये संचित धन का होता है तो सेकंड स्थान के यहाँ लॉर्ड बनते हैं बुद्ध बुद्ध ठीक तो इस बार भारत के पास जो के राजकुमार बिल्कुल बिल्कुल युवा दिखने वाले ग्रह हाँ। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार होगा हाँ। सुन ये बढ़ेगा।, बढ़ेगा।, बढ़ेगा निश्चित बढ़ेगा और आई थिंक अभी भी ये 460 सौ अरब डॉलर के पास है जो पिछले अपने इतिहास में सबसे ज्यादा है जी जी दूसरा एक बात और बता दें गोल्ड की रही बात गोल्ड सोना सोना सोना ठीक ठाक चलेगा भारत का जो स्वर्ण है रिजर्व है गोल्ड रिजर्व जिसको हम लोग बोलते हैं ये भी बढ़ेगा लेकिन जो सोने तो... के भाव होंगे हाँ। ये बहुत ज्यादा फ्लेक्चुएट करेंगे अच्छा। और चांदी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा चांदी तो ऐसा टूटेगी इतना जबरदस्त टूटेगी कि भाई साहब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मतलब चांदी के लिए अच्छे अच्छो की लुटिया डुबो देगी यदि आपने चांदी में सिल्वर में जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया तो एकदम कान खड़े करके ये तो वीडियो देखिए जान जाइए कि फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है आप इन्वेस्ट करिए हम ऐसा नहीं कर रहे बिल्कुल मत करिए लेकिन सोच समझ के करिएगा किसी से राय ले लीजिएगा तब करिए बाजार की चाल को देख के अपना ज्योतिषीय विवेचन करवा के इन सब को करने के बाद जो आप निवेश करेंगे तो वो ज्यादा सुरक्षित रहेगा और ज्यादा आपको मुनाफा और लाभ देगा और दूसरा जो एकादश स्थान एकादश स्थान जो होता है वहां पर जो है अगर देखा जाए लगने से तो हाँ हाँ, इसीलिए हमने कहा कि गोल्ड रिजर्व भारत का बड़े बड़े हाँ जी। ये जो क्या कहते इनको बोला जाता है जो पत्र होते हैं बॉन्ड होते हैं डिवेंचर होते हैं शेयर होते हैं इसमें जो है भारत की स्थिति मजबूत होगी और जो एक मंदी का दौर चला आ रहा था पिछले साल वो खत्म होगा और एक छोटी सी इसी में जानकारी पंडित जी है कि जो अनिल अंबानी जी है सॉरी मुकेश अंबानी जी, जी माफ करिएगा बड़े भाई तो वो उन्होंने सऊदी की एक बहुत बड़ी तेल कंपनी है आराम को जी। जो एक बहुत बड़ा समझौता है तो उसका रिफाइनरी को भारत का जो पश्चिमी घाट है ये महाराष्ट्र और गुजरात के पास में वहां पर स्थापित करेंगे तो ये भी भारत के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है और अच्छा और अब आप जान जाइए पेट्रोल के एल पी के डीजल के कैरोसिन के सी एनजी के, के दामों में वृद्धि देखने को मिलेगी यह थोड़ी सी जो है संकट की एशिया का भी विवाद चल रहा है जी जी। तो दूसरा जो अरब कंट्री है हाँ वहाँ पर भी विवाद चल विवाद रहा चल, है। चल रहा है यूएस जहाँ जहाँ दखल अंदाजी कर और रहा और अभी है। एक खबर आई थी की जो ओ आई सी है इन्होने क्या किया है की एक अपना संगोष्ठी बुलाई है कश्मीर के ऊपर तो ये सब भी इशू भारत को थोड़ा बहुत दो हजार बीस में परेशान कर सकते हैं देखिए ये जो कश्मीर इशू की आपने बात कर दे। अब ये बहुत जरूरी है जी, जी, जी। देश का हमारी संप्रभुता का मामला है तेरा वैभव अमर हम रहे हम जिन चार है तो बचपन से चूकी जो है हम जो है गुरुकुल में पढ़ाई किए हैं और सरस्वती विद्या मंदिर के भी छात्र छात्र है और बहुत लंबे समय से हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है जी बिल्कुल धर्म एवं धर्मो रक्षती रक्षि जब जब धर्म की हानि होगी तो धर्म व्यक्ति की हानि करेगा।, करेगा समाज की हानि करेगा और जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा तो सीधी सी बात अब कश्मीर मुद्दे पे आ जाते हैं जो कश्मीर का मुद्दा है यहाँ पर थोड़ा सा जो है इश्यूज देखने को मिलेंगे प्रोटेस्ट वगैरह होंगे अच्छा। लेकिन एक चीज और बता दे अब हमारे जो है सेना के जवानों को अब हमारे फौजी भाइयों को और अधिक अधिकार दे दिए जाएंगे कि चलाओ भाई गोली कोई वो नहीं है तो मतलब बहुत अच्छे से सुताई होगी जो प्रदर्शनकारी हैं उनको बहुत कायदे से पीटा जाएगा और जो एक अनुशासन में लाना चाहिए उनको हमारी सेना और पहला और आपकी इसी भविष्यवाणी का जो एक क्या कहते हैं एक भविष्यवाणी पे जो सरकार ने चलने का काम किया है जनरल विपिन रावत भूतपूर्व उनको सीडीएस की जो नियुक्ति की गई है तो अब हमारी सेना एक रूप हो गई है एक मजेदार बात और सुनिए सभी देशवासियों के लिए गौरव कपल होगा आप लोग फटाफट पहले लाइक करिए और यह बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो पीओके है पाक अधिकृत कश्मीर कश्मीर पाक्युपाइड कश्मीर जी बिल्कुल इस साल ट की, की कोई गारंटी नहीं है नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट भारत का हिस्सा बनेगा ये बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहे हैं और अभी से एडवांस में जो हमारी पब्लिक है इनको हम बधाई भी दे दे रहे हैं मर्जी हो आप लीजिए मर्जी हो ना लीजिए अब ये इतनी बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी है अपने आप में भविष्यवाणी दर्शकों और अगर ऐसा होता है तो जो हमारी भारत माँ का सर कटा हुआ है अभी कश्मीर आधा सर नहीं कटा है कुछ नहीं है पूरा का पूरा जो जो है पीओके है ये भारत का हिस्सा इस साल जो बनने जा रहा है और खास कर कर पाकिस्तान ने हर के शिवम जी तेईस सितंबर के बाद देख लीजिएगा कभी भी ये हो सकता है वैसे तो चौबीस जनवरी तक का समय भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है तो पंडित जी इसी के साथ अब बताइए कि जो भारत में राजनीतिक परिस्थिति रहेगी जी एक ध्रुव पर तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जो गुजराती मिट्टी के हैं वो विराजमान है देखिए झारखण्ड तो गया हरियाणा अठारह चले गए थे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जो इनको झटके पे झटके जो है लगे हैं तो दो हजार बीस में सत्ता पक्ष मतलब बीजेपी या एनडीए एनडीए कह लें ये काफी मजबूत स्थिति में खड़ी होगी क्योंकि 2020 हजार में एक बहुत प्रमुख इलेक्शन है बिहार का चुनाव हाँ जी तो देखने तो वाला होगा और दिल्ली का दो हजार बीस में सत्ता पक्ष बहुत मजबूत स्थिति में जो है खड़ा रहेगा इस वर्ष की यदि हम बात करें दो हजार बीस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कद और पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी ये देश में बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी का दायरा देश में और अब बढ़ना स्टार्ट होगा दूसरा हम बात करें अगर पॉलिटिकल जो है प्रडिक्शन की तो राज्यों की जो सरकारें हैं ये अस्थिर होंगे कई राज्यों की सरकारें गिर सकती हैं उनसे उन्हीं के लोग छल करेंगे वह सत्ता की चाबी उनके हाथ से छीन सकती है ऐसे कई चेहरे जो कि केंद्र सरकार में मंत्री कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के रूप में है या स्टेट में सीएम मुख्यमंत्री राज्यपाल है या मंत्री है या राज्य मंत्री है उनसे उनका दायित्व तो वापस लिया जा सकता है और अगर ये वैसे नहीं देंगे तो छीना जा छीन सकता के लिया जा सकता है एक चीज और बता दे साल दो में भ्रष्ट नेता और अधिकारी ये सलाखों के पीछे भी होंगे जाएंगे, जाएंगे। जो लोग विदेश भाग चुके हैं वो भारत आएंगे वापस जेल दूसरा एक हम बात करें कि इस बार इस साल जैसे दो हजार उन्नीस की हम बात किए थे बताए थे की क्षति हो सकती है हमारे सारे वो कम में और बीडियो पड़े हुए हैं तो इस साल भी किसी बहुत बड़े पोलिटिकल लीडर की आकस्मिक हत्या हो सकती है दुर्घटना हो सकती है और प्राकृतिक मृत्यु हो सकती है इनका उनकी और विशेषकर हम आपको बताना चाहेंगे खास करके जिनका भी नेम अक्षर एल अक्षर से है एम अक्षर से है एस अक्षर से है ए अक्षर से है एफ अक्षर से है और आर अक्षर से है इन लोगों के लिए ज्यादा मतलब, है। है। हो हो। मतलब मृत्यु हो सकती है तो पंडित जी आप इसके बाद करते हैं हमारे अंतरिक्ष मिशन की जैसा कि हमें उन्नीस में चंद्रयान टू में थोड़ा सा हमें देखने को मिला हालांकि हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया डेढ़ दो किलोमीटर से हम रह गए तो चंद्रमा नीच का था हाँ वो आपने आपने पंडित जी एक भविष्यवाणी की, की संपर्क स्थापित होगा और और वो पता भी चला पता भी हाँ चला कि पे तो फोटो भी भी भेजी तो 2020 में इसरो क्या देगा और भारत, भारत का दृष्टिकोण से हाँ। सबसे पहले तो अंतरिक्ष में भारत का जो कदम रहेगा ये बहुत ही मजबूत होगा पहली चीज दूसरी चीज की इस वर्ष भारत किसी दूसरे देश की अंतरिक्ष के मामले पे मदद करेगा मदद करेगा तीसरी चीज एक और बता दे तमाम अत्याधुनिक करेगा यहां के, के लिए जैसे की दो हजार ऐसे बहुत से भेजे हैं। जिसने भारत की सीमाओं को बहुत मजबूत किया है फरवरी के बाद से हाँ वो क्रम चालू होगा फरवरी के फरवरी दो हजार बीस के बाद से तमाम ऐसे अत्याधुनिक उपकरण भारतीय सेना को मिलेंगे तमाम ऐसी जो है चाहे आपका वो आप जो है लॉन्ग रेंज थल, जल नब। नब। हर जगह कुछ जो है इनके जो हुए थे, वो इनके जो है मतलब पूरे होंगे तमाम विमान वगैरह इनके पास आएंगे और तमाम अंतरिक्ष के क्षेत्र में जैसे चंद्रयान टाइप के है तो ये कुछ और भी मिशन अपने ये हो गई अंतरिक्ष की बात तो पंडित जी आप आते हैं अपने खेल जगत पे जिसमें काफी कुछ होना है और काफी युवा खेलो इंडिया बड़ो जी, इंडिया बहुत से जी, हासिल होंगी हुं। भारत का नाम विश्व स्तर पर जो है आगे रहेगा किसी बड़े खिलाड़ी को कोई बहुत बड़ा पुरस्कार जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार हुआ लक्ष्मण पुरस्कार हुआ तो ये सब पुरस्कार प्राप्त हो सकता है और साथ ही साथ किसी मतलब खिलाड़ी की मृत्यु भी हो सकती है अच्छा, अच्छा। हो सकता है एक बात और बताना चाहेंगे जी। देखिए इस बार जो बृहस्पति का गोचर है नॉर्मल नहीं है अच्छे भारी प्लेनेट है बृहस्पति सबसे और बहुत तेज गति से ये जो है संचरण कर रहे हैं तो काफी कुछ चीजें रहेंगी जैसे हम आपको बता दें कि भूकंप देखने को आपको मिलेगा जो जो हमारे ऋषियों ने ने बात की है, मार्शियों ने बात की की है, मतलब वो होंगी, वो तो जो है, है वो आपदाएं होगी तो तमाम लोग पूछेंगे किस क्षेत्र में तो देखिए सबसे पहले अफगानिस्तान का आप बेल्ट ले लीजिए दूसरा पाकिस्तान का ले लीजिए आप तिब्बत का ले लीजिए चाइना ले लीजिए और भारत में भी झटके इसके देखने को मिलेंगे लेकिन जो इसकी आ, क्या कहते हैं इपी होगा भूकंप का ये अधिकतर पाकिस्तान अफगानिस्तान और, और पंडित जी आपकी इस भविष्यवाणी को मुझे लगता है की सच भी है क्योंकि कोई जो है युद्ध हो सकता है देश में तो क्या स्थिति थी आपको पता होगा दूसरा हमने कहा था की कोई वायुयान की दुर्घटना होगी ही होगी और वो दुर्घटना हुई जो वो जो है सेकंड फ्लोर से जाकर के विमान टकरा रखा तो वो चीजें देखी हुई एक बात और बताना चाहेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान चाइना में कोई बहुत बड़ा भूकंप विनाशकारी भूकंप आ सकता है दूसरा जल प्रलय यहाँ पर हो सकती है ये बिल्कुल फैक्ट है अभी तो हम भारत के ही परिपेक्ष की बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी चूकी तो तो वो वो ग्रह, ग्रह नहीं। नहीं ये तो एक विभाजन है ग्रह तो पूरा अपना एक प्रभाव और धरती पर डालते है चूंकि उनका अपना गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का बल होगा तो वो तो काम होगा दूसरा बताना चाहेंगे की भारत में और पाकिस्तान के आस पास किसी जंगल में अग्नि भय हो सकता है अग्नि से संबंधित कोई आपदाएं देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में तो अभी ये चल ही रहा है। डाला था वो भी हमने हम आपको बता दें शिवम जी कि भारत में इस साल कोई ट्रेन दुर्घटना बड़ी हो सकती है वायुयान दुर्घटना हो सकती है और जो शिप होते है पानी वाले जगह इनसे संबंधित भी कोई दुर्घटना हो सकती है तो तमाम चीजें देखिए हमने बताया तो पंडित जी एक बार हम बात कर लेते हैं खासकर जो उद्योग जगत है जी कि पूरा इसमें क्या रहने वाला है इसका जो हर एक क्षेत्र हो चाहे वो विनिर्माण क्षेत्र हो या क्या कहते हैं और भी कोई माल उद्योग धंधे हो और भूमि भवन भा, वाहन से जुड़ा मामला इस बार कैसा उद्योग जगत रहे आगे बढ़े उससे पहले हम अपने किसान भाइयों के लिए कुछ कहना चाहते अच्छा अच्छा जरूर जरूर देखिये मानसून मानसून की की बात बात आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि भाई मानसून की क्या स्थिति रहेगी तो ये साल मानसून के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा भारत में वर्षा इस बार बहुत अच्छी होगी शिवम जी और समय पर होगी और किसानों को उसका लाभ मिलेगा उनके जो फसल का जो समर्थन मूल्य है वो भी इस बार बढ़ेगा और उनको इस बार हानि नहीं उठानी पड़ेगी हम लोग देखते हैं है, हम लोग देखते हैं नासिक में प्यार फेंक देते हैं दूध फेंक देते हैं प्रदर्शन इस तरीके से करते हैं तो इस बार इस तरीके से कुछ नहीं होगा तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली है दूसरा हम बताना चाहेंगे हम अपने जो बेरोजगार छात्र हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि भाइयों आप लोग बिल्कुल भी अब मत जो जो है डरिए क्योंकि ये जो साल रहेगा सरकारी नौकरी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात सौभाग मतलब युवाओं के लिए, लिए ये साल बहुत, बहुत अच्छा बड़ी बड़ी है बड़ी सौगात लेकर के आया है तमाम लोगों को राजकीय सेवा में किसी उच्च पद की प्राप्ति होने का सौभाग्य मिलेगा पहला दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर में योग्य व्यक्ति हैं, ये लोग बहुत बड़े पद पर जा सकते हैं तथा इनके प्रमोशन इत्यादि भी हो सकते हैं मतलब जो दो तो हजार 2020 नौकरी के दृष्टिकोण से हाँ। भारत के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ पर जॉब क्षेत्र के मौके बढ़ेंगे बढ़ेंगे मतलब जो सरकार ने आ, साल के अंत में जी आ, मतलब कदम उठाए हैं जी उद्योग जगत के लिए या प्राइवेट सेक्टर में उनका हमें लाभ देखने को दो हजार की शुरुआत में देखे। देखे। मिलना शुरू हो जाएगा। एक बात और बताना चाहेंगे भारत के अंदर छुटपुट हिंसा हो सकती है जो है मतलब गृहयुद्ध हो सकता है भारत हाँ। के अंदर हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं आंजलि की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसमें जो है वो चीज रोका जाएगा उसको देखिए इसमें सबसे बड़ी पंडित जी क्या चीज होती है कि जो अपना उल्लू सीधा करने वाले समाज में जो जहर फैला रहे हैं देखिए किसी भी रूप में जब भी कोई खबर आए जब भी कोई सूचना आए तो उसको पहले ऑथेंटिक रूप से चेक करिए उसमें वास्तव में है क्या वो किनके लिए विधान बनाया जा रहा है क्यों केवल नेताओं की बात में आके आप राष्ट्र को क्षतिमत पहुँचाई है ये देश और हमने वो हिंसा पंडित जी देखी भी जगह जगह ट्रेनों को आग लगाई आगे लखनऊ में ही देख लीजिए हाँ लखनऊ में भी आ, काफी स्थिति देखे। खराब देखे। हो गई थी तो ये देख में भी जी जीपी सेंटर देश का बिल्कुल राजधानी वहाँ पर देख लीजिए क्या स्थिति तो मतलब बीस में भी आर्थिक कुछ संभावना है इन से देश को हाँ, हम देश को पीछे का, सरकार हाँ। का एक आकलन है कि केवल आ, रेल नहीं ही दो करोड़ रूपए का जी। नुकसान उठाया है इन प्रदर्शनों तो देखिए प्रदर्शन करिए लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण संवैधानिक हो और अहिंसक हो जी लाठी डंडा या बंदूक गोली लेकर कोई प्रदर्शन नहीं होता है हमें समझना चाहिए एक बात और बताना चाहेंगे कि इस साल से ओम जी फिल्मी जगत की यदि हम बात कर लें तो कई ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जो कि जो है उनका देहावसान हो सकता है तो ये बड़े दुख की बात रहेगी और खास करके यदि हम बात करें तो डी अक्षर हो गया एल अक्षर हो गया ए अक्षर हो गया पी अक्षर हो गया एस अक्षर हो गया और जो है जे अक्षर हो गया तो ये जो अक्षर हमने बताए हैं इनसे व्यक्तियों का जो है है हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा अब आप पूछे आपने ये सब तो बता दिया अब व्यापार में घुसते हैं आपने व्यापार की बात, आ, दो थी दो थी व्यापार की बात तो देखिए सितंबर तक तो स्थिति ठीक रहेगी लेकिन सितंबर के बाद से 23 सितंबर के बाद से थोड़ी सी जो है मतलब स्थितियां बेकार दिखाई को पड़ रही है ले मंदी की ओर फिर जो है सितंबर के बाद लेकिन सितंबर सितंबर के बाद सितंबर के, के बाद जो है थोड़ी सी मंदी की चपेट में हो जाएगा प्रॉपर्टी सेक्टर इस साल बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा प्रॉपर्टी यदि आपने क्रय कर रखी है और बेचते बेचते सेल करते करते अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकी है तो इस साल आपको बेहतर रिटर्न दे करके जाएगी सब्र रखिएगा प्रॉपर्टी सेक्टर में उछाल देखने को मिलेगा तो प्रॉपर्टी के लिए ठीक रहेगा जो छोटे व्यापारी रहेंगे वो बेचारे इसमें पिसेंगे उनको राहत मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है तथा तमाम ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे व्यापारी सोसाइड तक की स्थिति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आप लोग पेपर में पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कुल मिलाकर के ठीक ठाक स्थिति रहेगी हम तो कहते हैं संयम से काम रखिएगा और बहुत ज्यादा जो है आप लोग इधर उधर के बहकावे में मत आइएगा ईश्वर पर भरोसा रखिएगा अपनी अपनी कुंडली अपनी अपनी होरोस्कोप एक बार, एक बार जरूर चेक करवा लीजिए ताकि पता चले कि भविष्य में क्या संभावना है उस हिसाब से, आप से आपने भाग्य में जो लिखा है वो होगा ही होगा लेकिन शिवम जी हम ऐसा नहीं मानते मान आपके जो है, में कोई आप क्या करेंगे? आई के पास जाएंगे नहीं बुखार आ जाएगा आप एक दिन दो दिन वेट करेंगे लेकिन अगर एक हफ्ते दस दिन से बुखार आया है आप सोच लेंगे की जो है ऐसे सही हो जाएगा हमारा भाग्य सही कर देगा तब तो फिर ये मूर्खता भरी बात बात है वहां पर आप उस चीज के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे लेकिन यहाँ पर क्या होता है जब व्यक्ति का भाग्य खराब होता है तो वो लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं मानते हैं कि तमाम ऐसे ज्योतिषी हैं जो कि काफ़ी गलत हैं और बहुत मतलब लोगों को उन्होंने जो है आघात पहुँचाई है चोट पहुँचाई है उनसे झूठ बोला है लेकिन हर कोई वैसा नहीं रहता आप एक, जो है मतलब किसी भी योग्य ज्योतिषी के पास जा सकते हैं हम यहाँ अपना कोई प्रचार करने नहीं बैठे हैं तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए और जो उपाय उपाय की भी हम बात कर दें कोई भी जो हमारे वैदिक जो है बुक्स वगैरह है वैदिक किताबें हैं वैदिक लेख हैं इनमें उपाय मिला ही नहीं है और जो उपाय है वो योग से संबंधित है उपाय की एक बात और बताएं जो मध्यकालीन ज्योतिषी थे इन्होंने उपाय बनाए हैं और ये उपाय बनाए क्यों हैं इसके पीछे रीज़न हमको जो लगता है एक्चुअली में होता क्या था पहले के जो जो है राजा लोग थे ये लोग शासक टाइप के थे तो जानते ही हैं कि ना सुनना इन लोगों को पसंद नहीं था अब जोशी अगर बता दे कि साहब आप इस युद्ध में ना जाइए आपकी हार होगी तो राजा बड़े क्रोधित हो जाते थे अरे हमारे अंदर इतना बल है हम नहीं जाएंगे ऐसे आपने कैसे बता दिया तो ज्योतिशी लोग कहते थे अच्छा ठीक है आप जा तो रहे हैं लेकिन जो है सवा किलो में जो है मसूर की दाल दान कर दीजिए सवा किलो तो नहीं सवा कुंटल कर दीजिए क्योंकि वो लोग राजा थे वो लोग किलो में क्या करेंगे तो इस टाइप के उपाय लोग बना देते हैं और पंडित जी इसमें देखिए एक उसकी शुभकामनाएं लेते हैं उसका आशीर्वाद लेते हैं तो वो निश्चित तौर पर आपको फायदा फायदा करें कुंडली प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष रूप से कुंडली का विश्लेषण करवा के और जान सकते हैं कि भविष्य में क्या, क्या होने वाला है उसके बाद आप कोई अपनी लाइफ में कदम जो है? कुछ होने वाला है वो होगा ही होगा हम तो चाहते है कि हमारी प्रडिक्शन गलत हो और भी जो मनीषी विद्वान लोग प्रिडिक्शन दे रहे हैं उनकी भी प्रडिक्शन सबकी गलत हो लेकिन शिवम जी सत्य यही है कि ये हो करके ही रहेगा सही कह रहे हैं आप ये देखिए जीवन में होता क्या है कि बहुत सी चीजें पूर्व निर्धारित होती हैं कोई माने या कोई ना माने ये तो वरना अगर ऐसा होता तो क्या भगवान राम को नहीं पता था कि सोने का मृग नहीं होता है जी। सीता जी नहीं जानती थी कि सोने के मृग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है महाराज युधिष्ठिर नहीं जानते थे एक बार द्वित खेल के हार चुके थे दोबारा खेल के वनवास चले गए कि सकुनी से मैं नहीं जीतूंगा लेकिन तब भी गए तो हमें नहीं लगता है कि युधिष्ठिर और भगवान राम के जैसा विवेक हमें है तब भी उन्होंने वो किया तो बहुत सी चीजें जीवन में पूर्व निर्धारित होती हैं और उनके क्या क्या कहते हैं निर्धारण में हमें लाभ मिले हम किस तरह से अपना जीवन सुखी बनाए ज्योतिषी का इतना काम होता है तो इसी के साथ आपको वीडियो दर्शकों को कैसा लगा लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और लोग सचेत सतर्क और सुरक्षित रहें कमेंट में जय श्री राम जय श्री राम जरूर और अगर राम मंदिर बन रहा है अगर, अगर यूपी के हैं तो तो जरूर करिए और अयोध्या के हैं तो भाई फिर क्या कहने का... राम आप लिख कि ये जो भगवान से भगवान हरि अनंत हरी कथा आनंद सुनाई बहु सब संता इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत मिलेंगे अपने नए वीडियो में एक नए शो के साथ एक नए ओपिनियन के साथ तब तक के लिए जय राम जी की जय श्री राम Bali, Bali, Bali.